आज हम लोग इंस्टॉल करेंगे वी कोड एडिटर कैसे इंस्टॉल होता है प्रोसेस देखेंगे कोड वि श्यामंदन में आपका स्वागत है मेरा नाम है श्यामंदन आज हम लोग इंस्टॉल करेंगे वी कोड अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पहुँच जाए अगर मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ट्विटर पेज को फॉलो ना किया हो तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लें डिस्क्रिप्शन में लिखें लेट स्टार्ट गो मैं अपना कंप्यूटर के इंटरफेस ही ओपन कर लिया ऐसे ही कंप्यूटर इंटरफेस है अब जाएंगे क्रोम ब्राउजर ओपन करें क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे वी एस कोड इंस्टॉल वी एस कोड टाइप करने के बाद सर्च करेंगे सेकंड फर्स्ट ऑप्शन है वी एस कोड इंस्टॉल वो क्लिक करेंगे उस पर क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड वी एस स्टूडियो मैक लाइन एक्स इंडो तीनों में चलता है आईफोन लाइन एक्स में विंडो में चलता है उस पर क्लिक करेंगे क्लिक होने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है विंडो के लिए है से चौसठ के लिए 32 बिट के जैसे आपका कंप्यूटर है यहाँ लाइनिक्स के लिए है एपल के लिए है एप्पल सेट के लिए है हम लोग हमारा ये विंडो है तो हम लोग विंडो डाउनलोड कर रहे हैं और उस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद थोड़ा देर के बाद यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा प्राइवेट करेंगे डाउनलोड करने के बाद वेट होने के बाद दिखाते हैं थोड़ा यहाँ हो गए वे हम लोग का डाउन हो गया डाउनलोड अब यहाँ पर हम लोग फाइल में जा इंस्टॉल करेंगे हम लोग डाउनलोड में डाउनलोड फाइल में आएगा डाउनलोड फाइल क्लिक करेंगे यहाँ पर आ गया यहाँ लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं वी एस को इंस्टॉलेसन आ गया है ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग राइट right क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन प्रोसेस करेगा यहाँ पर देखिए कुछ आर्ग्यूमेंट है इस पर यश कर देना ओके आर्ग्यूमेंट पास कर देना पढ़कर पढ़कर पास कर देना यस करके नेक्स्ट करना नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देता है प्रोसेस इंस्टॉलिंग कहाँ इंस्टॉल किया जाता है प्रोसेस को कहाँ एप्लीकेशन आएगा आपका इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है आप देख लीजिएगा खुद है फिर यहाँ पर नेक्स्ट कीजिएगा तो वहाँ पर देख ले से देख लीजिएगा वहाँ पे उसके बाद यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेगा फिर कुछ ब्राउजर इंटरफेस आएगा उसे भी पढ़ लेना उसके बाद ये यहाँ पर ऑप्शन कुछ आएगा सब क्लिक कर देना के बाद में काम आए बाद में यूजफुल होता है ये सब ऑप्शन ओके okay करने के बाद फिर फिनिश करेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करने वाला कुछ प्रोसेस करेगा ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस एक कर लेगा उसके बाद हम लोग का वी एस कोड फिनिश करने का ऑप्शन आएगा कि मेरा फिनिश होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा वी एस उसे वेट करते, है। करते हैं यहाँ फिनिश का ऑप्शन आ गया हम लोग यहाँ फिनिश कर दें हम लोग का वी एस कोड इंस्टॉल हो गया ओपन हो रहा है हम लोग का वी एस कोड ओपन होने के बाद हम लोग दिखा रहे हैं कैसे वी एस कोड का फाइल फाइल सेट किया जाता है फोल्डर बनाया जाता है देखिए और हमारा वी कोड ओपन हो रहा है होने के बाद यहाँ फाइल में जाएंगे हम लोग फाइल में जाएँगे फाइल में जाके यहाँ पर न्यू फोल्डर में जाएंगे फोल्डर क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन आएगा वहाँ पर फोल्डर में जाएंगे हम लोग लार्सेस्ट थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट से यहाँ राइट क्लिक करेंगे डायरेक्ट बनाइएगा तो एक ऑप्शन आ जाएगा एरर के लिए राइट क्लिक करके यहाँ पर न्यू जा कर यहाँ फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा न्यू पर, पर, पर जाने के बाद फोल्डर न्यू फोल्डर यहाँ क्रिएट हो जाएगा जिस चीज़ का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं उसका यहाँ पर नाइम नेम टाइप करिएगा हम लोग जावा प्रोग्राम बना रहे हैं हम तो जावा नेम टाइप कर जाओ प्रोग्राम फिर यहाँ पर सेलेक्ट करके फिनिश करके ओके okay कर देंगे ओके okay, मेरा फोल्डर कंप्लीट okay, okay फा, हो गया यहाँ सेलेक्ट ओके कर दिए मेरा फाइल फोल्डर फाइल तैयार हो गया इसमें ही हम लोग का प्रोग्राम बनाएंगे हम देखिए हो गया मेरा वी एस को यहाँ पर हटा देंगे सिस्टम यहाँ पर वी एस मेरा तैयार हो गया यहाँ फाइल चूज करेंगे यहाँ क्रिएट करने की ऑप्शन होता है फाइल क्रिएट करने की सेव करने की स्टॉप करने की ऑप्शन होता है वी एस इंस्टॉलिंग का प्रोसेस है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो जरूर करना कैसा बने, बने।